तो कहानी शुरू होती है एक लड़की आरवी से जिसके घर में पार्टी चल रही होती है कि तभी वहाँ पर एक मास्क मैन अटैक करता है और एक एक करके हर किसी को मारने लगता है आरवी के हाथ में एक फोन होता है तो वह हेल्प के लिए कॉल करती है और इस फोन का वीडियो ऑन होता है जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें देख पा रहे होते हैं अब इस वीडियो में जब वो आदमी आरवी को मारने वाला होता है तब तो वो गौतम गौतम चिल्लाती है और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर बंद हो जाती है और अब प्रेजेंट डे में हम एक एसीपी को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत सारे केसेस को स्टडी करता है यहाँ पर वो ये बताता है कि आठ साल पहले यहाँ पर एक सीरियल किलर था हाँ ये एक विलन मूवी के फर्स्ट पार्ट के विलन की बात कर रहे हैं और इसके बाद हम इसी केस के बारे में देखते हैं कि आठ साल बाद एक और सीरियल केलर आ गया जो की मास्क पहनता है और वो अभी तक सोलह लड़कियों को मार चुका है और अब सीन शिफ्ट होता है गौतम की तरफ जहाँ पर टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि आरवी मिसिंग है और सबका शक होता है कि गौतम ने ही उसे मारा होगा क्योंकि वीडियो में आरवी गौतम गौतम बोल रही होती है यहाँ पर गौतम अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचता है और सीन शिफ्ट हो जाता है सिक्स मंथ पहले का सिक्स मंथ पहले हम गौतम को देखते हैं जो की यहाँ पर बहुत बड़ा अमीर ज्यादा होता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में चला जाता है शादी में वो जा एक एक की पिटाई करता है और ये सब कुछ देखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास वापस आ जाती है तो अब वो उसे सबके सामने डम्प करता है और वहाँ से निकल जाता है तो मतलब ऐसा होता है कि पहले गर्लफ्रेंड ने उसे रिजेक्ट किया था तो वो यहाँ पर बदला लेने के लिए सबके सामने रिजेक्ट करके चला जाता है।, मतलब कि वो वही है और वो पैसों को उड़ाता है जब ये सारी बातें उसके पापा को पता चलती है तो उन्हें गुस्सा आता है अब यही पर एक सिंगर होती है जो कि गौतम की शादी वाली वीडियो को देख करके एक गाना बनाती है हाँ जिस वक्त वो सबकी पिटाई कर रहा था किसी ने उसकी वीडियो बना ली थी और वीडियो वायरल हो गई थी और ये सॉन्ग भी वायरल हो चुका होता है और लोगों के बीच में अब आरवी काफी फेमस सिंगर बन गई होती है अब गौतम उसे ढूंढते ढूंढते उससे मिलने के लिए एक फेस्ट में जाता है जहां पर आरवी गाना गा रही होती है यहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन आरवी उससे बात नहीं करती है तभी वहाँ पर सामने से आरवी की फेवरेट सिंगर आती है और वो आरवी को भाव नहीं देती उल्टे वो गौतम के पास में चली जाती है क्योंकि गौतम काफी ज्यादा रिच होता है तो वो उसे जानती है आरवी को सिंगर की पोजिशन चाहिए और गौतम उसमें उसकी हेल्प करना चाहता है वो साफ साफ मना करती है पर इसके बाद भी गौतम यहाँ पर एक मास्क पहन क्योंकि सिंगर के रूम में जाता है और धीरे धीरे करके वो फेमस होने लगती है इसी के साथ गौतम और आरवी की बॉन्डिंग भी बन जाती है और वो दोनों फाइनली रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अब तक उस सिंगर का करियर खत्म हो चुका होता है और आरवी ने पूरी तरह से उसकी जगह भी ले ली होती है यहाँ पर एक रात में वो दोनों साथ में होते हैं तब आरवी गौतम को ये बताती है कि उसकी माँ किसी से प्यार करती थी जिसके लिए वो उसके साथ में चली गई लेकिन उसके पिता ने कभी भी आरवी को अपनाया नहीं और ये और कोई नहीं ये कोई जाने माने पर्सन होते हैं जिसकी वो फोटो भी दिखाती है इसके बाद आरवी सो जाती है और आरवी के सोने के बाद गौतम यहाँ पर उसके फोन से इंस्टाग्राम पर वही फोटो पोस्ट कर देता है और अब ये चीज बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई होती है उस फेमस आदमी का काफी ज्यादा नाम खराब हो रहा होता है और अब इसकी वजह से आरवी भी बहुत ज्यादा डिफेम हो जाती है और उसके सारे शोस कैंसिल होने लगते हैं और ये सब कुछ गौतम ने बदले के लिए किया होता है जैसे ही गौतम को लोग जानते थे तो आरवी ने गौतम को डिफेम किया था वैसे ही गौतम ने पहले आरवी को फेमस किया और फिर बाद में उसे डिफेम कर दिया और आरवी का करियर भी खत्म हो गया इसके बाद यहाँ पर गौतम के डैड ने उसे प्रॉपर्टी से निकाल दिया था तो वो जाकर के अपने ही डैड के ऊपर केस करके उनसे सारी प्रॉपर्टी ले लेता है और यहाँ पर भी उसे ये लगता है कि वो जीत गया है और इसके बाद तो वो पूरी तरह से अयाश बन जाता है अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में जहां पर हम एक को देखते हैं जो किसी सीरियल किलर वाले केस को हैंडल कर रहा होता है यहाँ पर वो वही आरवी वाली वीडियो को देख करके ये बोलते है की किलर जरूर गौतम है और इसके साथ ही वो गौतम के पीछे पड़ जाते है उन्हें गौतम की लोकेशन एक होटल में पता चलती है तो वो पूरी फोर्स को लेकर के वहाँ पे पहुंच जाते हैं और गौतम वहाँ पे अपने रूम को ब्लास्ट करके आराम से खिड़की से नीचे कूद के भाग जाता है अब यहीं पर जो एसी पे बैठे होते हैं ऑफिस में वो ये नोटिस कर लेते हैं कि उस वीडियो में पीछे एक स्माइली बनाए और उन्हें ऐसा लगता है की ये काम गौतम ने नहीं किया है वो यहाँ पर अपने जूनियर को ये बताते हैं की कि ये किलर हर जगह पे जाकर के रेटिंग देता है और ऐसा उन्होंने हर मर्डर केस के पैटर्न में नोटिस किया है हर मर्डर वाली जगह पे एक स्माइली और रेटिंग बने होते हैं और ये किलर जो भी है ये अपनी टेरिटरी छोड़ कर हम एक ड्राइवर भैरव को देखते हैं जिसे उसी पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा होता है असल में यहाँ पर ने ये बोला होता है की आरवी के मर्डर वाले दिन जितने भी लोग गौतम या फिर आरवी से मिले हर किसी को बुला के लाओ और उस ड्राइवर ने आरवी को उसके घर तक छोड़ा होता है तो वो ड्राइवर को भी बुला लेते हैं यहाँ पर वो भैरव को बैठाते हैं और पूछते है की अगर उसे कुछ पता है तो भैरव पर ये बोलता है कि उसने एक क्राइम किया है पर इसके बाद जब पुलिस उससे पूछती है तो उसका पूरा दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है सिक्स मंथ पहले सिक्स मंथ पहले हम यहाँ पर मॉल में एक वर्कर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर होती है और उसका नाम होता है रसिका रसिका एक बार भैरव की कैब में बैठी होती है और तब से भैरव को रसिका बहुत ज्यादा पसंद होती है उस दिन के बाद से वो बार बार उसके मॉल में आता है और अपने पैसे लुटा करके जाता है मतलब कि वो फालतू की चीजें खरीद लेता है बाद में वो रसिका को लिफ्ट भी देता है और बोलता है कि वो उसे रेटिंग दे यहाँ पर रसिका उसे अच्छी रेटिंग नहीं देती है और कहती है की अगर उसे रेटिंग इम्प्रूव करनी है तो उसे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे करके साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और ऐसे ही -दी वो दोनों मॉल में घूम रहे होते हैं मॉल में रसिका वहाँ पर एक रिंग को देखती है जो की साढ़े लाख की होती है जिसे वो देख करके छोड़ देती है और अब यहाँ पर ये सारी चीजें भैरव भी देख है, क्योंकि वो उसके साथ में होता है इसके बाद रसिका उसे ये बोलती है कि वो उसे लोनावला लेकर के जाए भैर बात पे बहुत ज्यादा खुश जाता है और नेक्स्ट डे उसे लोनावला लेकर के जाता है लोनावला में वो उसे होटल रूम में छोड़ता है और इसके बाद वो चले जाता है, है साड़ियाँ खरीदता है बहुत सारे फालतू के सपने देखता है और ऐसे करते करते वापस आ है की तभी वहाँ पर कुछ चोरों की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उसकी कार के अंदर बैठ जाते है वो उसे जबरदस्ती चोरी करने की कोशिश करते हैं तो अब उसे याद आता है की एक बार रसिका ने उसे ये बोला था की अपने आप को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है वगैरह तो इसके बाद में वो सबकी पिटाई करता है और सारा सामान लेकर के अपनी कार के साथ में निकल जाता है पर अब जब वो वापस आकर रसिका के रूम के पास में जा रहा होता है तो ये देखता है कि रसिका के साथ में उसी के मॉल में काम करने वाला उसका मैनेजर है और उन दोनों का अफेयर चल रहा है ये देखकर करके भैरव को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उसी वक्त लुनावला से वापस आ जाता है भैरव यहाँ पर रसिका के मॉल में जा करके शॉपिंग करने के लिए और उसके साथ में रहने के लिए पहले तो कैब ड्राइवर की जॉब करता है और बाद में जू में भी काम करता है लेकिन रसिका तो बस उसका यूज कर रही थी अब जब नेक्स्ट डे रसिका उसकी कार में बैठती है तो वो उससे बात नहीं करता तो यहाँ पर रसिका पहले तो ये बोलती है कि उसका मैनेजर उसे फोर्स करता है और बाद में हंसने लगती है असल में वो सब कुछ जान करके कर रही होती है और उसे किसी की फीलिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अब वो लोग जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है उसे अर्जेंटली कहीं पर जाना होता है तो भैरव उसे रास्ते में छोड़ता है क्योंकि वो एक कैब ड्राइवर है यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास में जाता है और उसके सामने गिड़ गिड़ाने लगता है वो उससे बार बार ये बोल रहा होता है कि वो उसे छोड़ करके ना जाए लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी कर रही होती है ये सब देख करके रसिका भैरव से ये बोलती है कि अगर वो चाहता है कि रसिका उसके साथ में रहे तो फिर उसे हीरो बनना पड़ेगा और अब यहाँ पर भैरव हीरो बनने के लिए जाता है और उसी लड़की का गला पकड़ के उसे गला दबा करके मार देता है और भैरव ऐसा नहीं होता है वो बिल्कुल भी किसी के साथ फाइट नहीं करता है पर आज उसने एक मर्डर कर दिया और इसके बाद रसिका उसे रेटिंग देती है। और इसी के साथ ये रेटिंग का शुरू होता है और वो उसी लड़की की डेड बॉडी को लेकर के जाता है और जू में जहाँ पर वो लोग एनिमल्स को कट करके शेर को देते है वहीं पर वो उस लड़की की बॉडी को भी कट करता है और शेर को खिला देता है यहाँ पर जू में उसका फ्रेंड भी उसके साथ में काम करता है जिसका एक बेटा भी होता है लेकिन उसकी फ्रेंड की अपने बेटे के साथ नहीं है क्यूँकि सालों पहले उसकी मां की डेथ हो गई थी और वो अपने बेटे का कुछ खास ख्याल नहीं रखता है तो इस वजह से भैरव भी उसके बेटे की केयर करता है और यही से सारे मर्डर का सिलसिला शुरू होता है मतलब कि यहाँ से भैरव जब भी कैब ड्राइविंग के लिए जाता है तो वो हर किसी की बातें सुनता है और जहां पर भी उसे ऐसा पता चलता है की कोई आदमी ऐसा है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है तो वह जा करके उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है पर अब जब सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है जहाँ पर कॉप्स पूछ रहे होते हैं तो वो ये कहता है कि उसने सिर्फ आर्मी को घर छोड़ा था इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं बता है और इसी के साथ वो आराम से पुलिस स्टेशन से निकल जाता है उसके निकलते ही यहाँ पर टीवी पर एक न्यूज आती है कि एक लड़के ने किलर को देखा है वो उसे ये बोलता है की उसकी गर्लफ्रेंड को उसे किलर ने मार दिया और उसने उस किलर को देखा है और वो किलर है गौतम असल में यहाँ पर सीरियल किलर ने उसे भेजा होता है कि वो जा करके मीडिया में गौतम को फ्रेम करे यहाँ पर ये सारी न्यूज गौतम भी देख लेता है तो वो उसी आदमी का पीछा करने लगता है जिसने की सबके सामने उसे फ्रेम किया है यहाँ पर उसका पीछा करते करते वो मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो आदमी मिलता है किलर से, मतलब की भैरव से और अब भैरव उसे जान से मार देता है वो उसे मेट्रो के ट्रेन के सामने फेंक देता है अब यहाँ पर गौतम आ जाता है और वो दोनों मेट्रो के अंदर चढ़ जाते हैं इसके बाद दोनों की जबरदस्त फाइट होती है जहाँ पर गौतम हार जाता है पर इसके बाद भी भैरव उसे मारता नहीं है और छोड़ करके चला जाता है भैरव यहाँ से भाग करके रसिका के पास में जाता है जो कि कार में उसको वेट कर रही होती है और ये सारे मर्डर होती है और भैरव सिर्फ इसलिए रसिका उसे अच्छी रेटिंग दे। मतलब कि भैरव हल्का हल्का साइको हो चुका हो होता है और वो पूरी तरह से रसिका के कंट्रोल में होता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हमेस्टिगेशन को देखते हैं जहाँ पर उन्हें भी हर किसी से बात करके पता चल गया होता है की जितने भी लड़कियों के मर्डर हुए उन्होंने रिसेंटली ब्रेकअप किया होता है वो समझ जाता है की वही लड़कियाँ टारगेट हो रही है जिन्होंने ब्रेकअप किया है और ये किलर ठोकर का आशिको का मसीहा बन रहा है अब यहाँ पर वो जो एसीपी होता है उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है ये फुटेज उसी मेट्रो की होती है जहाँ पर गौतम किसी से फाइट कर रहा है और दूसरी तरफ वो मास्क वाला आदमी है इससे साफ साफ प्रूफ हो रहा होता है कि गौतम किलर नहीं है पर इसके बाद वो ए इस वीडियो को डिलीट करवा देता है ताकि कहीं सीरियल किलर को पता ना चल जाए की लोग उसके पीछे पड़े ऐसा होने पर वो अलर्ट हो जाएगा लेकिन अगर उसे यही लगेगा की लोग गौतम के पीछे है तो वो चिल करके अपना काम करता रहेगा और उसे जल्दी ही पकड़ा जा सकता है इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में फिर से गौतम को देखते हैं जहाँ पर एक बार फिर से सीन तीन मंथ पहले शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब गौतम पूरी तरह से नशेड़ी गंजेड़ी बन गया होता है और वह ऐसे ही क्लब में बैठा होता है कि तभी वहां पर वही लड़की आती है जिसके साथ पहले उसका रिलेशनशिप होता है और उसने मूवी के स्टार्टिंग में जाकर उसकी शादी में हंगामा किया होता है उसकी फाइनली शादी हो चुकी है उसी लड़के से गौतम एक बार फिर से जा करके उनके साथ बदतमीजी करता है और इसके बाद यहाँ पर गौतम की पिटाई हो जाती है पिटे हुए गौतम को यहाँ पर बचाने के लिए आरवी आती है क्योंकि आरवी भी उसी क्लब में आई होती है आरवी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है उसका करियर खत्म हो गया है पर इसके बाद भी वो गौतम की हेल्प करती है वो उसे हॉस्पिटल में लेकर के जाती है हॉस्पिटल में उसकी केयर करती है और जैसे ही गौतम ठीक होता है वो वहां से जाने लगती है अब गौतम उसे रोकता है और बोलता है कि उसने सब कुछ जानबूझ बदले के लिए किया है तो आर उसे बोलती है कि ऐसा नहीं है वो सच में उससे प्यार करती थी पर अब जाने दो ये सुन करके गौतम को अपनी गलती रियलाइज होती है तो वो उससे जा करके सॉरी बोलता है उसे एक दूसरा मौका देने के लिए बोलता है पर अब तक आर भी थक चुकी होती है वो उसे मना करती है कार में बैठती है और निकल जाती है और ये कार होती है भैरव की जो की उसे ड्राइव करके उसके घर तक लेकर के जाता है पर यहाँ पर भैरव ने पूरी बातें नहीं सुनी होती है उसे बस इतना ही दिखता है कि सामने एक लड़का गिरगड़ा रहा है और आरवी उसे भाव भी नहीं दे रही है और कार में बैठ करके निकल रही है उसे लगता है कि आरवी भी एक चीटर है और अब वो आरवी के ऊपर अटैक करने वाला होता है वो मास्क पहन के उसकी पार्टी वाले घर में घुस जाता है और वहां पर हर किसी को मारने लगता है और एंड में वो आखिरी अटैक आरवी पे करता है और आरवी को इसलिए लगता है की जो अटैक कर रहा है वो गौतम है क्यूँकि मूवी के स्टार्टिंग में जब उसने सिंगर को डराने के लिए मास्क पहना था तो वो मास्क भी बिल्कुल वैसा था जिस वजह से वो वीडियो में गौतम गौतम बोल रही होती है अब यहाँ पर सीन सी ने प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है जहाँ पर गौतम एसीपी से बात करने के लिए जाता है यहाँ पर एसीपी से बात करते वक्त एसीपी को कॉल आता है और ये पता चलता है कि उसकी जूनियर को उसने जो पता लगाने के लिए दिया था वो उसने पता कर लिया जूनियर उसे ये बताती है की हर के फेसबुक अकाउंट में एक अकाउंट कॉमन है एक लड़की का अकाउंट है जो हर लड़की की या तो फ्रेंडलिस्ट में या तो रिक्वेस्ट में इसके अलावा इसी अकाउंट से आरवी के गाने को बहुत बार सुना गया है साथ में रेटिंग भी मिली है वो भी फाइव स्टार्स की ये रेटिंग वाली बात सुनकर के एसीपी समझ जाता है कि अकाउंट जिसका है वही सीरियल किलर है यहाँ पर इस अकाउंट की लोकेशन भी होती है जो कि एक की होती है अब ये बात है क्यूँकी स्पीकर पे चल रही होती है तो गौतम भी सुन लेता है गौतम तुरंत ही वहाँ से भाग करके निकल जाता है और अब यहाँ पर ए को ये पता चलता है की पूरी पुलिस फोर्स ए के घर पे आ रही है असल में बाकी कॉप्स को पता चल गया होता है की गौतम की लोकेशन ए के घर के पास में है और उन्हें इस बात की कहीं से टिप्पणी होती है एसीपी को समझ नहीं आता कि टिप देने वाला कौन है कि हम सीन में उसके पीछे देखते हैं भैरव को और टिप उसी ने दी होती है और इसके बाद वो यहाँ पर एसी को भी मार देता है अब नेक्स्ट सीन में हम आरवी को देखते हैं जो कि जिंदा होती है असल में अभी तक भैरव ने उसे मारा नहीं होता है क्योंकि वो उसका आखिरी शिकार होती है तो वो उसे बचा करके रखता है और वो उसे सबसे एंड में मारेगा यहाँ पर आरवी जैसे तैसे अपने आप को फ्री करती है और एक वेंटिलेशन डोड़ के वहां से कूद करके भाग रही होती है यहाँ पर जब वो भागती है तो सामने गौतम को देखती है गौतम उसे देख नहीं पाता क्यूँकी वो दूसरी तरफ को देख रहा होता है लेकिन क्योंकि अभी तक आरवी को यही लग रहा है की उसे पकड़ने वाला गौतम है तो वो डर जाती है और पीछे की तरफ भाग लगती है यहाँ पर भागते भागते उसे भैरव मिलता है तो वो भैरव से हेल्प मांगती है और अब भैरव उसे ये बताता है कि गौतम उसे बचाने आया है और उसे मारने वाला भैरव है और इसके बाद वो दोबारा उसे, उसे पकड़ लेता है और एक जगह पे बंद कर देता है पर अब तक यहाँ पर भैरव के फ्रेंड ने भी देख लिया होता है कि भैरव यहाँ पर किसी को बंद कर रहा है तो इसके बारे में जाकर के भैरव से पूछता है और यहाँ पर उसका बेटा भी होता है मतलब कि उसके फ्रेंड का बेटा होता है अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें भैरव अपने दोस्त को मार देता है पर जब वहाँ पर कॉप्स आते हैं तो वो लोग ये देखते हैं की भैरव के फ्रेंड के हाथ में वही मास्क है तो उन्हें ये लगता है की शायद सीरियल किलर वही है और भैरव ने सेल्फ डिफेंस में इसे मार दिया है और इसी के साथ उन्हें लगता है की केस सोल्व हो गया अंदर उन्हें एक लड़की की लाज भी मिलती है पर यह बात सुनकर के गौतम बहुत ज्यादा डर जाता है तो अब वहाँ पर कॉप्स उसे ये बोलते हैं की वो आर्मी नहीं है और शायद आरवी कहा है अब ये कभी भी पता नहीं चलेगा क्योंकि हर जगह पे फिंगरप्रिंट भैरव के दोस्त के मिले हैं और इसी के साथ ये प्रूव होता है कि भैरव का दोस्ती वो सीरियल किलर है और नेक्स्ट सीन में हम आरवी को देखते हैं जो कि अभी भी वहीं पर बंद होती है जूम में, लेकिन वो अंडरग्राउंड जगह पे बंद होती है इसी की वजह से किसी को भी वो नहीं मिली होती है और वो अभी भी वही पर है गौतम और भैरव को भी छोड़ दिया जाता है क्यूँकी यहाँ पर भैरव के फ्रेंड के बेटे ने ऐसी गवाही दे दी होती है की सारा कुछ उसके पिता ने किया है सारे मर्डर उसके पिता ने किए अलग अलग लड़कियों को लेकर के आते थे और शायद उसे मार देते हैं और भैरव ने उसे बचाया है।, है और बच्चे की गवाही सामने उसे समझ में आ जाता है की कि किलर भैरव ही है और इसके बाद हम भैरव को देखते है जो की जाकर के सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड मतलब रसिका ऐसी हक करता है और पीछे ऐसी गौतम उसे देख रहा होता है अब पुलिस स्टेशन ऐसी निकलने के बाद भैरव तुरंत जाता है आर्वी को मारने के लिए पर यहाँ पर अब तक आरवी को होश आ चुका होता है तो उसने अपने हाथ में कांच का टुकड़ा लेकर के रखा होता है और वो भैरव के ऊपर अटैक करती है भैरव पे अटैक करके बाहर भागने की कोशिश करती है और भैरव उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और रसिका यहाँ पर भैरव का मजाक उड़ा रही होती है कि एक लड़की उसके पकड़ से छूट करके भाग गई है अब यहाँ पर तभी सामने गौतम आता है जो कि भैरव का पीछा करते हुए जू तक पहुंच गया होता है और अब यहाँ पर गौतम और भैरव की फाइट होती है फाइट के बीच में जब गौतम पिट रहा होता है तो भैरव यहाँ पर रसिका से ये बोलता है की उसे रेटिंग दे और अब यहाँ पर गौतम हंसने लगता है वो उसे आस्ते आस्ते ये बताता है की कोई भी रसिका नहीं है ये सुनने के बाद भैरव तुरंत ही पीछे देखते है तो वहाँ पे सच में कोई लड़की नहीं होती। और अब गौतम उसे बताता है कि कि उसने पुलिस स्टेशन के सामने देखा था कि वो किसी को इमेजिन करके किसी से बात कर रहा था पर रियलिटी में वहां पर कोई भी नहीं होता है और अब भैरव को वही दिन याद आ जाता है जिस दिन उसने लोनावला में रसिका को उसके ऊपर चीट करते हुए देखा होता है उसके मैनेजर के जाने के बाद रसिका आकर के उसके साथ कैब में बैठ जाती है और उसे बताती है कि उसका अफेयर चल रहा है उसके मैनेजर के साथ में यह सब सुन करके भैरव को बुरा लगता है और वो गुस्से में आकर कार चला रहा होता है जिस सबसे नाराज होकर रसिका उसे कार रोकने के लिए बोलती है और वो कार से बाहर निकल जाती है ये देख कर के भैरव घबरा जाता है और बाहर जा के रसिका को हक करता है वो उसे ये बोलता है कि वो उसे प्लीज़ छोड़ के नहीं जाए और रसिका को पेन हो रहा होता है क्योंकि भैरव ने उसे बहुत टाइटली पकड़ा होता है और उसकी रिप्स टूट रही होती है और भैरव गुस्सा और पेन में उसे इतनी टाइटली पकड़ता है कि रसिका की बहुत सारी हड्डियाँ एक टूट जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है और इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को लेकर के आता है और जू के फ्रीजर में रख देता है मतलब अपनी खुशी के लिए वो उसकी लाश को हमेशा अपने पास में रखता है और इसी के बाद से वो अपने दिमाग में एक रसिका को बना लेता है मतलब कि जैसे रसिका उसके हमेशा से साथ में थी पर रियालिटी में कभी भी उसके साथ में कोई भी नहीं था और सारे मर्डर्स अकेले उसी ने किए हैं मतलब की रसिका को मारने के बाद उसे इतना ज्यादा ट्रामा हो गया उसे एक मेंटल बीमारी हो गई जिसके बाद उसने अपने पास में रसिका को ही खुद से बना लिया और अब यह सब कुछ पता चलने के बाद भैरव बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहीं पर ही दुख में बैठ जाता है गौतम आरवी को लेता है और वहां से निकल जाता है इसके बाद यहाँ पर भैरव इतने ज्यादा गम होता है की वो शेर के सामने चला जाता है और अपने आप को सामने से शेर को मारने के लिए दे देता है इसके बाद गौतम की हेल्प से कॉप रसिका की बॉडी तक पहुंच जाते हैं और सारा केस फाइनली सोल्व हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम आरवी को देखते हैं जो की एक बार फिर से एक फेमस सिंगर बन गई है और अब गौतम उसके साथ में होता है और ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो जाती है इस मूवी के न...